क्या आपको पता है कि एलन मस्क और ब्रिलगेड्स एक दूसरे से इतना नफरत क्यों करते हैं इन दोनों के बीच में नफरत की शुरुआत हुई थी 2020 में जब इंटरव्यू के दौरान ब्रिलगेड से सवाल किया गया कि आप टेस्ला मॉडल 3 और फोर्स लेकिन इन दोनों में आप कौन सा खरीदना पसंद करेंगे तो इस सवाल पर ब्रिलगेड्स ने कहा के मैं फोर्थ टेकन को टेस्ला मॉडल से अच्छा समझता हूं और एलन मस्क बिलगेट्स का इंटरव्यू देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने ट्वीट करते हुए बोला कि मैं बिलगेट्स से बहुत ज्यादा डिसअवांटेज हूँ क्योंकि उनके इंटरव्यू बहुत सारे लोग देखेंगे और उनकी वजह से कोई भी टेस्ला मॉडल नहीं खरीदेगा साल दो में एलन मस्क की नेटवर्क ट्वेंटी बिलियन डॉलर था और वहीं बिलगेट्स का नेटवर्क दो में नाइन्टी बिलियन डॉलर था एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि दो में टेस्ला शेयर में एक बहुत बड़ी डॉप पोजीशन बनी थी इस इसी वजह से बिलगेट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और एलन मस्क ने बिलगेट्स को नेटवर्क के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया 2020 में एलन मस्क की नेटवर्क 268 बिलियन सिक्सटी डॉलर है और वही बिलगेट्स की नेटवर्क सिर्फ वन बिलियन डॉलर्स है